तुमने वो लाइनें सुनी है कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा मैं भी शायद मानता हूं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा और अगर नहीं मिला तो छीन लेंगे किस्मत से भी और लोगों से भी